बिना बिना की अधूरा। ए मैं जीना की अपन ममता चल मोहरा के पलि ते गाई तुहरा दिया babua ah, mujhe bina करनाटुल